आज मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे मेरा कुछ तरक्की तो क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर जगह से मार खा चुका हूँ मैं पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आज मुझे भूत लोग बुला रहे हैं तो मैं उनके साथ बैठ के देखूँगा उनको भूत लोग को आ जा जाओ सब लोग साथ में मेरे क्लिस को ये तालाब सा तालाब में कोई चीज़ डायनोसॉर जैसा लग रहा है जो नदी में देख रहे हैं एकदम झाक के खड़ा है कोई तो होगा उधर सॉरी बट वही कुछ सा बड़ा सा लग रहा है पानी वाला मॉस्टर तो नहीं बिल्कुल वही लग रहा है कुछ भी हो सकता है ये जंगल में कोई अनजान सा खड़ा है यार और उस पर खामोशी से खड़ा है यार कोई भी और मुझे डरना ही बोस यार अंधेरे में देख रहे भूत जैसा एकदम कोई भाई किडनेप करते ना किसी को वैसा ही लग रहा है बाल उसके व्हाइट है फेस पे कोई मास पहना है और इस शख्स उसकी बात करने की कोशिश कर रहा है पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ भी हो सकता है या तो से मार ही देगा या तो पता नहीं भगवान जाने क्या हो सकता है बट यार डर तो लग रहा है आपको और यार देख रहे थे तो खामोश से खड़े ना यार कहाँ से देखो खो जाओ इसमें ये दो लोग फिश पकड़ रहे हैं और इसके पीछे देख रहे हैं तो खड़ा है या पानी में कोई तो टाइप है उसकी आंखें लग रही हैं मुझे भाई अटैक बिटैक कर सकता है फिशिंग कर रहे हैं पानी के पीछे भी कुछ मॉस्टर हो सकता है ध्यान देना पड़ेगा तो ये डॉग कैमरा उसके पीछे लगा स मालिक उसके पीछे घूम रहा है और जंगल में वॉक कर रहा है उसके सामने से कुछ चीज गई यार तो भूत भूते चुरेरे कोई भी साया हो सकता है डेविल कुछ भी डराने वाली चीज़ तो है ये कोई रोक के सामने आया और अचानक से गायब होगा पूरा ब्लैक ब्लैक है डर तो यार लगेगा ना ऑलमोस्ट यार आज रात को तो पक्का नींद नींदा मुझे तो देखने से तो पूरा जॉम्बी लग रहा है यार उल्टे पेड़ उल्टे हाथ वॉक करके ऐसे यार एकदम स्लोमो स्लोमो स्लोमो यार देख रहे ध्यान से उसके पेड़ और डर तो लगने लगा यार डर लग रहा है मुझे वैसे क्यूँ कर रहा है क्यों इतना स्लो चल रहा फास्ट चल यार किसी को खाना लेगा तो उसे उसके हाथ दिख रहे पूरे हाथों की नशें आंखें उसकी एकदम कोई तो साया गिर गया उसके ऊपर या तो कोई जॉम्बी पकड़ लिया उसको इन्फेक्टेड हो गई हो चेंज ये फुटेज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें दो तीन लोग हैं जो उड़ी मार रहे हैं और पैरा नाम कर रहे हैं भूतिया या तो कुछ अजीब सी फुटेज बड़ा बहरा दिख रहा है साफ साफ और तीन लोग एक दो तीन खतरनाक लग रहे हैं वॉक कर रहे हैं कुछ भी कर रहे इतने दुफानी कर रहे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कर रहे अच्छा अच्छा नहीं बहुत बुरा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा से हटाया दिमाग का दही हो रहा है है तो ये रियल फुटेज जो घर में बंद कमरा है हवेली टैप रहती है ना वैसा ही और बिल्कुल उसके कमरे देख के आप चौक जाओगे देख रहे सब तिखड़ा बिखड़ा पड़ा जैसे कोई आके एकदम तोड़ता फोड़ता है घर की सारी चीजें अजीब अजीब हो रही है सामान सब दिख रहे कुछ तो हिला कोई तो है जो धापे हिला रहा है ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जा रहा है सब जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब ऊपर नहीं हो रहा है नीचे हो रहा है ये वीडियो निकाल रहा है इसके बेहर लग गए सामान सब इधर से उधर उधर देखो हिल रहा है ऑटोमेटिक ये सब कैसे हो सकता है यार कोई तो फेंक रहा है उसे कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है उधर घोष है यार दिखाई नहीं दे रहा कोई तो साया भी यार और दरवाजे टीवी वीवी सब तो ऐसे फ़ोटोज़ में अच्छे से रखे हैं हिल रहा है हिल रहा है सब हिल रहा है कोई तो हिला रहा है घर में मैं तो कोई हरकत ही कर रहा है और मुझे डर तो लगना ही है अच्छा मैं नहीं हूँ मेरे घर में कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं जो हिलती नहीं ऑटोमेटिक हिल जाए तो भाई लग जाए ओ माई गॉड यह भी हिल रहे वो वो वो भी बंद हो गया कोई जानबूझ की तो नहीं कर रहे हैं बर्तने अपने तो गिर रही है वॉशिंग में सब खुल रही है यार डर लग रहा है बस यार मैं आंखें नहीं देख सकता मैं देख नहीं सकता बस ये चीज़ तो बहुत डरा है। कमरे, कमरे में कुर्ची कुर्ची भी डाल है एकदम हॉरर, फुल हॉरर। कुर्ची को ध्यान से देखना मैं भी देख रही हूँ ऑफकोर्स यार देखना पड़ेगा ही आँखें तो ना कर रही बट देखना है मुझे इधर है कुछ तो इधर है हिला हिल के भाई उसे हिला रहा रखोया हिल रहा है पता नहीं चल रहा है, पर हिल रहा है जरूरी ओ ओ गिरा गिरा ओ बच गया कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा गिर रहा है गिरेगा गिरेगा गिर गया गिर गया कसम कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा दिमाग का स्क्रू हिल गया है और डर तो लग रहा है इसी डर के लिए क्या कहना यार बस अच्छी लिबस करते वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में बैल के गंदाबा दीजिएगा और हॉर पार्ट तो आना बाकी है मेरे काइज साथ में ना मेरे